मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसका नाम है एम राशन मित्र इस ऐप के माध्यम से सभी पात्र एवं अपात्र परिवारों का सत्यापन किया जाना है अर्थात लाभार्थी परिवारों का सत्यापन केवल इसी मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाना है तो आइए जानते हैं इस ऐप के बारे में विस्तृत ने इस वीडियो के माध्यम से और मैं हूँ रंजन नगपुरे एन टीम बालाहाट के मार्गदर्शन में यह वीडियो तैयार किया गया है आप मेरे चैनल में यदि नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल राजा को सब्सक्राइब कर लेवें साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर देवें चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर हमको जाना होगा मोबाइल में मोबाइल में जाने के बाद प्ले स्टोर को हम ओपन कर लेंगे वहाँ पर सर्च करना होगा एम राशन मित्र ये एम राशन मित्र को हम जैसे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल पर चूँकि मेरे मोबाइल पर पहले से इंस्टॉल है इसलिए ओपन लिखा हुआ आ रहा है आप इसको इंस्टॉल कर ले और उसके बाद ओपन कर ले ये जो अपडेट है सात नवंबर का अपडेट है और बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है 8.21 दशमलव का इसको ओपन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा इसमें आगे जाएं इस पर क्लिक करना है और कुछ ही देर में इस प्रकार से इंटरफेस होगा आपको बता दें कि टू कंटिन्यू टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन बीच यूजेस गूगल लोकेशन सर्विस यानी आपको लोकेशन को ऑन करना होगा उसको नो no नहीं करना है तो आप इसको ओके okay पर क्लिक करेंगे अब यहां थोड़ा नीचे इस्कॉल करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लाभार्थी परिवार सत्यापन इसको आपको क्लिक करना है आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो दल प्रभारी का मोबाइल नंबर दल कोड पासवर्ड जो कि आपको अलाटेड होगा यह आपको यहाँ एंटर करना है उसके बाद जो पासवर्ड आपको मिला है उसको आपको एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है तो जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा यहाँ पर सबसे पहला काम होगा लक्षित समूह डाटा को डाउनलोड करना तो इसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो जानकारी प्राप्त की जा रही है इस प्रकार से मैसेज होगा और लक्षित समूह का डाटा डाउनलोड हो गया आपके मोबाइल पर अब आप परिवार का सर्वे शुरू कर सकते देन ओके पर क्लिक करना है बाजू में मेरा डैशबोर्ड ये लिखा हुआ है इसको क्लिक करके आप देख लें कि जानकारी सही है लंबित परिवार एक सौ लाभार्थी सत्यापन एक पूर्ण जीरो सर्वर पर अपलोड सर्वे की संख्या और दल क्रमांक नाम इत्यादि जो भी जानकारी है वो आपसे रिलेटेड होगी यहाँ व्यू की जा सकती है अब आते हैं हम लाभार्थी परिवार सत्यापन की तरफ तो ये काम है सर्वे का इसको आपको करना है बता दें आपको कि यहाँ पर एक क्यूआर कोड होगा जो कि आपको प्रपत्र में भी दिया होगा परिवार सत्यापन प्रपत्र में प्रिंटेड क्यूआर कोड को अपने फोन के कैमरे से स्कैन करना है तो एक इस प्रकार से प्रपत्र होगा जिसमें क्यूआर कोड ये जो है इसको स्कैन करना है स्कैन होकर सामने पर आ गया है समग्र आईडी और मुखिया का नाम अब चलते हैं जांच का पकार परिवार का बीपीएल स्थिति सत्यापित नहीं है इसको हमको सत्यापित करना है क्या परिवार उपरोक्त पते पर निवासरत है तो इसको हमको ऑप्शन को क्लिक करना होगा इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं नहीं ऐसा कोई परिवार मौजूद ही नहीं है इसको आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद एक फोटो कैप्चर करना होगा नहीं उक्त परिवार पर अब इस पते पर निवासरत नहीं है तो उक्त परिवार अब इस पते पर निवासरत नहीं है तो वह कितने माह से उस जगह नहीं रह रहा है अगला ऑप्शन है नहीं परिवार वर्तमान में अस्थाई प्रवास पर है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यदि वो प्रवास पर है बाहर गया हुआ है तो उसका कितने माह से वह उस जगह पर नहीं है ये सेलेक्ट कर सकते हैं अगला है नहीं उक्त परिवार नवीन पते पर निवासरत है यदि वह उस स्थान को छोड़कर बाहर चले गया है तो मकान नंबर कॉलोनी मोहल्ला वार्ड नंबर इत्यादि पूरी जानकारी डालना होगा और अंतिम है कि हाँ परिवार मौजूद है तो परिवार उस जगह मौजूद है तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे आप देख सकते हैं कि पात्रता श्रेणी बीपीएल पी एल कार्डधारक क्या परिवार उपरोक्त पात्रता श्रेणी के अनुसार पात्र है यदि पात्र है तो उपरोक्त पंक्ति श्रेणी अंतर्गत परिवार पात्र अपात्र होने का कारण बताना होगा यहाँ जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो यदि अपात्र है तो परिवार के पास पात्रता श्रेणी के अनुसार वैध दस्तावेज नहीं है इसको यदि आप क्लिक करते हैं और उसके बाद में आगे के ऑप्शन पर आप जाएंगे यदि अपात्रता पात्रता संबंधी दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई तो इसको लेना होगा यदि अपात्र है तो परिवार ने गलत तरीके से पात्रता का दस्तावेज प्राप्त किया है ये तीन ऑप्शन में यदि आता है तो आप ले सकते हैं और यदि परिवार पात्र है तो पात्र परिवार पात्रता श्रेणी में पात्र है इसको आपको चुनना होगा उसके बाद आता है कि परिवार की जाति का प्रकार तो जो भी जाति हो उस परिवार की आप उस जाति का सिलेक्शन करेंगे अगला ऑप्शन है क्या परिवार के पास बीपीएल या ए ए श्रेणी का प्रमाण पत्र है यदि है तो हाँ पर क्लिक करेंगे अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे अब अगला है कि परिवार के सदस्यों के साथ निवास का फ़ोटो तो फ़ोटो लेने के लिए इस आइकन को क्लिक करना होगा और यहाँ पर एक चेतावनी भी है कि समक्ष में फ़ोटो ले पूर्व की फ़ोटो अथवा दस्तावेज से जो खींची गई फोटो है वो मान्य नहीं होगी इसलिए आपको यहाँ पर सभी लोगों के साथ में मकान की फ़ोटो लेना होगा इस प्रकार से फोटो कैप्चर हो गई और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और ये आगे इस पर क्लिक करने के बाद आगे संसाधन पर आ जाएंगे अब ये निवास के बारे में डिटेल हो गई अब संसाधन की डिटेल हमें डालना होगा तो परिवार के पास अतिरिक्त संसाधनों की जानकारी जिसका जैसे मोटर चलित वाहनों की कुल संख्या यदि टू व्हीलर या थ्री व्हीलर वहाँ पर मौजूद है उस परिवार के पास में तो जानकारी देंगे अन्यथा ज़ीरो डाल देंगे उसी प्रकार से चलित वाहनों की कुल संख्या यानी चार पहिया यदि है तो जानकारी डालेंगे अन्यथा ज़ीरो डालेंगे अब आता है आवाज का प्रकार तो आवाज के प्रकार में क्या आवाज स्वयं द्वारा बनाया गया किसी की योजना से नहीं है स्वयं का मकान है लेकिन शासकीय योजना का लाभ लिया गया है या किराए का है तो जो भी हो वो आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन अब आता है अगला क्या परिवार का तीन कमरों से अधिक का स्वयं का मका, पक्का मकान है यदि है तो यहाँ पे क्लिक करें और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें क्या परिवार या सदस्य आयकर दाता है यदि परिवार इनकम टैक्स पे ही है आय करदाता है तो यहां पर क्लिक करेंगे अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे इसके बाद क्या परिवार का कोई सदस्य चतुर्थ श्रेणी का है या उससे ऊपर का है तो यहां पर चुनना होगा हाँ या नहीं सत्यापन दल परिवार सत्यापन रिपोर्ट दें तो यहाँ पर जो भी वस्तु स्थिति आपको लगती है वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको यहाँ पुट करेंगे और आगे जाएं इस पर क्लिक करेंगे जैसी आगे पर क्लिक करते हैं तो ये सदस्यों की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी अब यहाँ पर है सत्यापन करें और पात्रता जोड़े तो पहला काम होगा सत्यापन करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उस परिवार के सदस्य की जानकारी प्रिंट होती है यहाँ पर आपको सदस्य की सत्यापन रिपोर्ट जो भी है सदस्य की मृत्यु हो चुकी ऐसा कोई सदस्य परिवार का हिस्सा नहीं है विवाह या निकाह उपरांत परिवार का हिस्सा नहीं है परिवार से अलग हो चुके हैं एक से अधिक समग्र आईडी है उसके पास जीवित है परिवार का हिस्सा है आयकरदाता है हाँ सास की सेवा में है ना ही आयकर दाता है ना ही सास की सेवा में है तो जो ऑप्शन है उसमें से जो सही होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा अब आता है अगला सदस्य के आधार नंबर की स्थिति तो यदि आधार उसके पास उपलब्ध है दो तो आधार उपलब्ध है ये लेंगे और आधार नंबर लेकर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उसी प्रकार यदि आधार खो गया है तो इसको ऑप्शन को लेना होगा और मोबाइल नंबर एंटर करना यदि सदस्य का आधार बना ही नहीं है तब की स्थिति में ये ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यदि सदस्य आधार प्रस्तुत नहीं कर पाया है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे अब है सदस्य का मोबाइल नंबर तो वो हमको सही सही मोबाइल नंबर उसका देना होगा उसके बाद में सेव बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है वेरिफिकेशन करने के बाद में अगला है दूसरा नाम उसको सत्यापन करना है इसमें भी उसी प्रकार से ऑप्शन है तो जो ऑप्शन वस्तु स्थिति में लेना है वो हमको यहाँ लेना होगा और अंत में मोबाइल नंबर डालेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे सदस्य का हो गया सत्यापन अभी तीसरे सदस्य का सत्यापन करना है तो इसके लिए भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अंत में मोबाइल नंबर डाल देंगे और सेव पर क्लिक करेंगे उसके बाद में पात्रता जोड़ें तो क्या यह पात्र है यदि पात्र है तो यहाँ पर उसे डन करना होगा उसी प्रकार से पात्रता श्रेणी पात्रता पर्ची में अंकित श्रेणी के अतिरिक्त यदि अन्य श्रेणी में भी पात्र है तो वो हम ले सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके अब यदि आपने पत्रता ली है तो इसका एक ऑर्डर नंबर भी होगा एसुइंग डेट भी होगी कब से कब तक की डेट है वो हमको लेना होगा ये सब करने के बाद में आगे की ओर बढ़ जाएंगे ऑफिस का नाम भी डालना होगा से कब तक की तारीख है है उसके बाद डन पर क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से पात्रता होगी उसके बाद हमको आगे जाएं इस पर क्लिक करना होगा अब यहां पर आता है नए सदस्य जोड़ने तो यदि वहां पर कोई नया मेंबर पाया जाता है नया सदस्य है उस परिवार में तो आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे और यहां पर नए सदस्य की आईडी लिखना होगा सदस्य का नाम लिखना होगा जेंडर लिखना होगा। और सदस्य के आधार नंबर की स्थिति और जोड़े जाने का कारण ये सारी जानकारी देने के बाद जानकारी दर्ज करें इस पर क्लिक करना होगा उसके बाद में लास्ट है दस्तावेज आगे जाए पर क्लिक करेंगे और संबंधित व्यक्ति जो आपने अभी नया जोड़ा है सदस्य उसके दस्तावेज की फोटो इसमें लेना होगा और अंत में सुरक्षित करें इस पर क्लिक करना होगा जैसे आपने सुरक्षित करें पर क्लिक किए तो सर्वेक्षण की जानकारी सुरक्षित कर दी गई है इस प्रकार से स्क्रीन पर मैसेज प्रदर्शित होगा जैसे आप इस पर ओके पर क्लिक करते हैं तो यह एक परिवार का सर्वे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है अगला परिवार का सर्वे इसी प्रकार आप कर सकते हैं अब आपने लाभार्थी परिवार का सत्यापन कर चुके हैं और अपलोड में देख लें कि कोई डेटा आपके मोबाइल पर अपलोड करने हैं तो सेस तो नहीं है तो यहाँ जिस प्रकार से लिखा रहा है अपलोड करने के लिए कोई सर्वे उपलब्ध नहीं है यानी आपका डाटा अपलोड हो गया है तो आपको सत्यापित लाभार्थी परिवार की सूची इसको आपको क्लिक करना होगा यहाँ आप देख सकते हैं एक परिवार का जो डाटा आपने सर्वर पर अपलोड किया है सुरक्षित यहाँ पर जो सर्वर लिखा है ये जो डाटा है सर्वर पर अपलोड हो चुका है वीडियो था एम राशन मित्र के बारे में उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अधिक से अधिक इसको शेयर करें लाइक भी करें और 100 परसेंट अचीवमेंट के लिए कोशिश करें कि आपका सक्सेसफुली सत्यापन हो लाभार्थी परिवारों का इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो तैयार किया गया है आपने वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखा उम्मीद है आपका काम हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुली होगा वीडियो में अंत तक बने रहे आप उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद